ब का ता कर दिया इतनी बड़ी हजूर की बंदा दिया इसका रंग का कलू शुक्र जैसे इसका रंग का कलू शुक्र जैसे हमें आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था हमें आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था पहले मुझे कौन जानता था पहले मुझे कौन जानता था से कार की मैफा था, था सरकार की मैं, मैं मुझको हर गम से कुछ नहीं था वर्म की देवता से पहले मैं कुछ नहीं था कुछ नहीं था मुझके सरकार की है बड़ी बरकतें मेरी रातें तेरफें मे मैं गुनाहगार था बेमल था मई से हमारा का करो शुक्र कैसे कम है कि मेरे खुदा ने मुझे कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का मती कर दिया इसका शुक्रिया कोई हाजत नहीं रही लगी लगी जो मेरे मुहे पदा हो गए देखते देखते क्या से क्या हो गए ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने दोनों पाले के जाऊ ने आजि में रजाल के हर गगा को सखी ने सखी कर दिया करंका करूश ग